मध्य प्रदेश के कटनी जिले में बड़ा रेल हादसा हो गया बिलासपुर से सीमेंट लादकर मानिकपुर जा रही मालगाड़ी कटनी जंक्शन पहुंचने से पहले ही बेपटरी हो गई हादसे की जानकारी लगते ही रेल महकमे में, में हड़कम मच गया आनन फानन में मौके पर पहुंचे एरिया मैनेजर समेत बड़े अधिकारियों ने मोर्चा संभाला रेल हादसे के चलते एक दर्जन से अधिक ट्रेन प्रभावित बताई जा रही है जिनमें बिलासपुर शहडोल सतना जाने वाली ट्रेनें शामिल है वही हादसे की जानकारी देते हुए एरिया मैनेजर ने बताया की बीसीएन रैक है इसके चार वैगन बेपटरी हुए हैं एनकेजी से ये मालगाड़ी कटनी आ रही थी तभी साढ़े ग्यारह बजे इसके बेपटरी होने की सूचना मिली थी इस हादसे के चलते सतना प्रयागराज जाने वाली ट्रेनें प्रभावित हुई हैं जबकि बिलासपुर से भोपाल गुना और झांसी जाने वाली ट्रेनों पर कोई असर नहीं हुआ है देखिए ये बीसीएन सी है इसके चार वैगन्स डीरेल हो गए हैं ये एन से कटनी के तरफ जब आ रही थी तब इसका हो गया तो लगभग 1130 के बाद से इसके डिवेलमेंट की खबर आई है और अभी रेस्क्यू कार्य प्रति इसमें जो भी ट्रेनें सतना डायरेक्शन में जाती हैं मानिकपुर की तरफ अलाहाबाद की तरफ गया। वो सारी मूवमेंट फिलहाल अफेक्टेड रहेगी जब तक ये रेस्क्यू कार्य पूरा नहीं मध्य प्रदेश की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण के उद्देश्य ऐसी संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का उपहार सभी पात्र महिलाओं को दिया गया है